देख स्कॉप से ऐसे ऐसे ट्राई करें हां अटैक फॉर आ सकता है हां ले तो टावर पे चढ़ के मारो टावर पे ड्रॉप किया ओ माई गॉड वाओ अरे वो तो, तो, तो बोर्स था ये लोग तो तो कहां से आते हैं ये पूरा तो पूरा कर कर कर चलेगा रहे ना का नहीं करना अरे भाई वो भी आ